बंदे बंदे को मारा टैप, हो गया उसका लाल। बंदे को मारा मारा हो हो गया गया उसका लाल। अंजन भी देख के, उसका लाल क्या दू में चाटा अरे भक्सर सायरी बारी क्या बोलूँ ये सायरी बारी ऐसी क्या होता है साल क्यों होता है क्या सायरी पता नहीं लोरू कहा आ जाते हैं हमेशा वीडियो खराब करने अभी इसको हटाओ कोई अरे अंजन भाई आप अरे साहब क्या कह रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या ऐसे तो पिछुआ भीच, रहा मतलब लाल कर अरे ये तो धोती खोल रहा है अच्छा ठीक है चलो आज का वीडियो शुरू करते है तो देखो आज का क्रॉनिकाइल एक फुल्ली ड्रग हेट्रॉट वो भी पेड वर्जन क्रॉनिकल होने वाला है जो की मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ मतलब समझ ही पा रहे हो मेन आई के होने वाला है रियल आई पे यूज करो आपका आईडी डी ब्लैक लिस्ट बैन कुछ भी नहीं होगा इस बात का गारंटी मैं खुद लेता हूं और किसी को सवाल आता है तो कमेंट कर सकते हो आज के और एक बात गाय मैंने माइंड डाउनलोड कर लिया जल्दी बोलो उसको कैसे खेलना पड़ेगा कमेंट में जरूर बताना उसको कैसे खेले और आज के वीडियो में आपको सारे प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ मतलब डाउनलोड प्रोसेस अप्लाई प्रोसेस सब कुछ दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको मेरे दिए लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हैं लिंक पे या वेरिवेशन पे क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद वेट कीजिए ऊपर आप देख ही सकते कुछ 10 हैं कुछ टेन सेकंड का आइकॉन दिखा रहा है तो वही टाइम आप वेट कर लीजिए बहुत ही आसान प्रोसेस है मतलब बहुत ही इजी है इसको डाउनलोड करना तो चलो ये खत्म हो चुका है पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पे आई मैं नॉट रोबोट पर क्लिक करके फिर आपको गेट लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा देखो फिर से इस पे क्लिक कर लीजिए क्लिक करने के बाद देखो सिंपली डाउनलोड हो गया अप्लाई प्रोसेस के बारे में तो देखो इसको एक्सप्लोट कर लिया इसको एक्सप्लोट कर लीजिए पासवर्ड है तो आपको सिंपली ये जो कॉन्फिग आप देख रहे हैं ये जो कॉन्फिक इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके कापी या फिर कट कर लेना है फिर आपको कुछ नहीं करना आपको डिवाइस मैपे चले जाना है तो चलिए मैं भी डिवाइस मैप पर चले जाता हूँ डिवाइस मैप के जाने के बाद आपको डेटा पे क्लिक करना पड़ेगा फिर आपको आ, मतलब जो होते फ्री फायर मैक्स जो भी खेलते हैं फिर कंपलसरी एंड्रॉयड गेम्स बंडल और गेम्स बंडल के अंडर आपको सिंपली पेस्ट कर देना बस इतना सा कर दीजिए